सिंगरौली में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन द्वारा कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं ये संगठन पिछले कई वर्षों से जरूरतमंदों की मदद कर रहा है अब मानवाधिकार संगठन ने एक और नए कार्य करते हुए गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए ग्यारह हजार रुपए नगद दिए तथा शादी के लिए टेंट की सारी व्यवस्थाएं की कहते हैं मानस सेवा ही माधव सेवा होती है यदि आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है गरीबों के समय पर मदद करने वालों में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन शामिल है यह संगठन समय समय पर लोगों की खूब सहायता करता है संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी के अनुसार पिछले कई वर्षो से संगठन के पदाधिकारी गरीब बेटियों की शादी में सहयोग कर रहे हैं इसी कड़ी में आप संगठन के पदाधिकारियों ने 22 फरवरी 2023 को आदर्श गंगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के करीब होने वाली गरीब बेटी की शादी के लिए मदद की अधिकारियों ने गरीब बेटी के घर पहुंचकर उनके परिवार को ग्यारह हजार रुपए नगद दिए एवं शादी के लिए टेंट की संपूर्ण व्यवस्था की तथा एक अलमारी और एक बक्से का भी सहयोग दिया साथ ही राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने बताया की संगठन द्वारा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एवं यात्री प्रतीक्षालय जैसे तमाम जगहों पर रात के कड़कड़ाती ठंड में कंबल वितरण का भी कार्य किया गया था हमारे संज्ञान में लाया गया शादी है और बच्ची के परिवार वालों की आर्थिक भी अच्छी नहीं, है। तो उनकी इतनी दुरुस्त नहीं है तो उस हालत में हम लोगों ने ये डिसाइड किया की कि भाई हम उनकी मदद करेंगे हम लोगों ने उनकी आर्थिक मदद और उनके टेंट की पूरी व्यवस्था हमने अपने जीवन ले ली है ऊपर से हम लोगों ने उनके लिए कारगीरा और एक